आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में पति पत्नी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें बताईं इसमें पति पत्नी के चरित्र की खासियतें उनकी अच्छाई बुराई शादीशुदा ज़िंदगी पर होने वाले असर के बारे में बताया है पत्नी यदि लालची हो और लालच के लिए रोज घर में कलह करे तो ऐसी महिला को संतुष्ट करना बहुत मुश्किल होता है ऐसी महिला को कुबेर का खजाना भी मिल जाए तो शांत नहीं रहती ना ही ऐसी महिला दान करती हैं ऐसी महिला जिनका आचरण अच्छा ना हो जिनके पति पर पुरुष से संबंध हो ऐसी पत्नी के लिए उसका पति सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है ऐसी पत्नी की ना केवल समाज में बदनामी होती है बल्कि उसके कारण पूरे परिवार की बदनामी और अपमान सम्मान खत्म होता है यदि पत्नी पति पत्नी बुरे काम करें नशे की लत का शिकार हों फिजूल खर्ची करते हों तो इसका बुरा असर पूरे परिवार पर पड़ता है पति पत्नी की बुराइयों का असर एक दूसरे के जीवन पर भी होता है मूर्ख व्यक्ति को समझाना नामुमकिन है मूर्ख पत्नी के मामले में भी ऐसा ही है ऐसी मूर्ख महिला को ज्ञानी पति मिल जाए और अच्छी बातें बताए तो उसे अपना दुश्मन लगता है ऐसी महिला को ज्ञान की बातें सुनना रास नहीं आता फिर चाहे वह उसका पति ही क्यों ना हो